कटनी में कनवारा के लोगों ने विद्युत समस्या से परेशान होकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या हल नहीं की गई तो सभी किसान सामूहिक फांसी लगाव आंदोलन के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन कर विद्युत विभाग का घेराव करेंगे कटनी के कनवारा गांव में 20 दिनों से बिजली नहीं है जिसे लेकर गाँव के किसानों ने एस प्रिया चंद्रावत को ज्ञापन सौंपा है उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि हमारे गांव में बीते 20 दिनों से विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर जला हुआ है सिंचाई समय पर नहीं हो पाई और कुछ किसानों की धान नहीं लग पाई जिनके रोपर लगाए गए है उनकी फसल सूखने की कगार पर है किसानों ने तीन दिन के बाद एमपीबी पावर हाउस के सामने लगे वृक्ष पर सामूहिक फांसी लगाओ आंदोलन के साथ साथ 20 तारीख को प्रदर्शन कर विद्युत विभाग का घेराव करने की चेतावनी दी है ज्ञापन में कहा गया है कि पीड़ित किसान बिजली समस्या की वजह से फांसी लगाने पर मजबूर होंगे जिसकी पूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन के साथ साथ विद्युत विभाग की होगी हुआ है। पानी आती हमें तो जो, दिखा जो दिखा तो नहीं तो गिर रहा है आप हमें घीज नहीं रहा रोपा सुखा गया जो लगे ट्रांसफार्मर के लिए लेके आए हैं शिकायत की बीच दिनों से जला हुआ है जो कि अभी तक नहीं बदला गया कई आश्वासन कई बार उन्होंने दे चुका कि भाई आज नहीं कल कल नहीं पढ़ ऐसा करके बीच दिनों दिखु से और फसलें सूख रही है इसकी पहले कहीं शायत की विद्युत वहाँ जो शिकायत की गयी है द्वारा इनको द्वारा मतलब कि भाई बोले कि बोले आठ नहीं काला साहब बोल रहे हैं कि नहीं पेपर में भी निकलवा दिया गया है कम से कम के हम सौ किसानों के